मैं आप सभी दर्शकों का खास करके जो कर्क राशि के जातक ये वीडियो देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूँ प्रेम राशिफल 2020 में जी हाँ आज हम बताएंगे कि कर्क राशि के जातकों का प्रेम संबंध 2020 में कैसा रहेगा 2020 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी साथ ही साथ क्या जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ आपका विवाह होगा या अभी तक यदि आप सिंगल हैं तो क्या डबल होंगे तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा साथ ही साथ दर्शकों इस आप लोगों को बताएंगे कि जो भी बाधाएं आपके मार्ग में चली आ रही है उनको आप लोग दूर कैसे करें वो ऐसे दिव्य उपाय कौन कौन से हो सकते हैं जिनके माध्यम से आप लोग अपने जीवन को सुगम सरल बना सकते हैं तो कर्क राशि के हमारे जो दर्शक हैं प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार आपकी लव लाइफ इस वर्ष काफ़ी अच्छी रहने वाली है लाइफ पार्टनर का पूरा पूरा सहयोग आपको इस वर्ष मिलने वाला है जो अविवाहित जातक किसी के साथ पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का समय है और जो जातक तक किसी कारणवश अपने प्यार से अलग हो चुके हैं उनके लिए भी यह वर्ष आशाओं से भरा हुआ है इस वर्ष आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं तो कुछ जो अपने पार्टनर के लिए कमिटेड हैं उनका प्यार भी लौट करके आ सकता है और प्यार से मुलाकात से लेकर के लव मैरिज तक के मामले में जिस भी मोड़ पर आपको दोस्तों की आवश्यकता पड़ेगी आपके करीबी दोस्त वहां पर आपके साथ निश्चित ही खड़े होंगे दोस्तों का फुल फ्लेश सपोर्ट आपको इस वर्ष मिलेगा ही मिलेगा वर्ष की शुरुआत में क्योंकि आपके राशि से सप्तम भाव के जो स्वामी शनि है अपने से बारहवें स्थान में है वहीं पंचम भाव के स्वामी मंगल अपने ही स्थान में विराजमान है या आपकी रोमांटिक लाइफ में अच्छे संकेत कर रहा है शनि भले ही अपने स्थान से बारहवें स्थान में है लेकिन प्रेम के कारक शुक्र आपकी राशि से सप्तम भाव में मौजूद हैं जो कि आपके दांपत्य जीवन में भी खुशहाली का एक संकेत इंडिकेट कर रहा है स्वराशि के मंगल के कारण जो जातक किसी खास को अपने दिल की बात कहना चाहते थे बहुत डर रहे थे कि कैसे कहेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और अपने प्यार का वो लोग लो इजहार करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग अपने प्यार का इजहार करेंगे सप्तम भाव के स्वामी शनि वर्ष की शुरुआत में ही 24 जनवरी को अपने जो है स्थान में यानी आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे जो कि शश महापुरुष नामक योग भी बना रहे हैं तो इस समय जो जातक परिणय सूत्र मतलब विवाह के बंधन में बंधने के इच्छुक हैं तो उनके लिए भी सहनाई बज सकती है काफी अच्छा समय रहेगा थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना घर वालों की तरफ से करना पड़ सकता है विशेष करके जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उनको संघर्ष करना पड़ेगा आप लोग अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं क्योंकि जो कर्क राशि है ना ये लाखों लोगों की करोड़ों लोगों की है आपकी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप क्या कह रही है आपके ग्रहों की जो है पंचमेश की स्थिति कहाँ पर बन रही है पंचम के लॉर्ड क्या इनकी स्थिति कहाँ पर है किसके नक्षत्र है सप्तम स्थान के अधिपति क्या कर रहे हैं डी नाइन चार्ट आपका क्या कह रहा है कौन सी महादशा चल रही है योगनी दशा कौन सी चल रही है अष्टक वर्ग में ये गोचर क्या फल देगा कितने पॉइंट हैं तो हर एक चीज देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से विश्लेषण अपनी कुंडली का यदि आप करवाते हैं तो आपको और सटीक रिजल्ट मिलेंगे और प्लस हर एक हाउस के हिसाब से उपाय अलग अलग होते हैं तो जो उपाय हम इसमें बताएंगे जरूरी नहीं है कि वो आपको ही सूट करें आपकी पर्टिकुलर कुंडली क्या कह रही आपको कौन सी दवा खानी है आपके जो है मतलब शरीर में या आपके भाग्य में कौन सा जो है व्याधि लगी हुई है उसको दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं तो अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण आप लोग फ़ोन के माध्यम से मिल करवा सकते हैं तो एक बात दर्शकों हम आपको बता सकते हैं प्रेम विवाह में इच्छुक जो है जो जातक है इनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है इसलिए आपके लिए सलाह है कि 30 मार्च तक का आप लोग इंतजार करिए क्योंकि इसके पश्चात गुरु भी सप्तम भाव में शनि के साथ आ जाएंगे नीच के रहेंगे लेकिन नीच भंग राजयोग का भी ये निर्माण करेंगे ये योग भी आपके लिए रोमांटिक लाइफ में नई खुशियों के द्वार खोलने वाला रहेगा मांगलिक कार्यों के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं आपके लिए इसलिए हम सलाह दे रहे हैं कि शुभकाम में देरी मत करिएगा झटमगनी पटव्याह यदि होती है तो आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि मई माह में शनि और गुरु दोनों वक्री होंगे तो मांगलिक कार्यों में विशेषकर पर्सनल मैटर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस समय किसी नए रिलेशनशिप या फिर विवाह संबंधी कोई फैसला नहीं लेते हैं तो ठीक रहेगा बातचीत का सिलसिला आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं सितंबर तक परिस्थितियाँ ऐसे ही उतार चढ़ाव वाली बनी रह सकती है सितंबर के मध्य में गुरु के मार्गी होने से कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा वहीं 23 सितंबर को राहु और केतु का मेजर ट्रांजिट हो रहा है रा, राशि परिवर्तन हो रहा है जो आपकी राशि से लाभ स्थान में चले जाएंगे जहाँ से वे आपको तीसरे पंचम और सप्तम में अपनी पंचम सप्तम और नवम दृष्टि डालेंगे देखिए राहू और केतु पंचम सप्तम नवम दृष्टि इनको बीटो प्राप्त है तो यह समय भी रोमांटिक लाइफ में थोड़ी सी परेशानियाँ बढ़ा सकता है संबंधों में दूरिया कर सकता है या आप किसी जॉब में हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा पार्टनर यहाँ आप वहां रहेंगे कम्युनिकेशन गैप भी आप लोगों के बीच करा सकता है कुछ गलत है अपने आप पटरी पर लौटेंगे आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ वही नवम्बर के उत्तरार्थ में भी गुरु भी पुनः सप्तम भाव में आ जाएंगे जिससे फिर से आपके संबंधों में एक मधुरता देखने को मिलेगी तो कुल मिलाकर के लव लाइफ के मामले के लिए ये जो जो है दो रहेगा साल इसका जो समापन रहेगा ये हैप्पी एंडिंग के रूप में रहेगा आपको आपके प्यार की जो है जो मतलब प्राप्ति है वो होगी जिनसे भी आप प्यार करते होंगे उनसे आप विवाह के बंधन में बंधेंगे सिंगल हैं डबल होंगे और एक चीज़ बता दें इसमें थोड़ी सी आप लोग चीटिंग कर जाएंगे मतलब आप लोग जो है अपने लाइफ पार्टनर को जो है Uh, समझ लीजिए कि जो है आप आप ही लोगों की भाषा में हम उसको बोल रहे हैं कि चीट करेंगे आप लोग एक दूसरे को मतलब आपका संबंध उनसे भी रहेगा उनसे भी रहेगा उनसे भी रहेगा तो ये प्लीज़ आप लोग मत करिएगा क्योंकि पोल पट्टी यदि खुल गई जुपिटर जब भी यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वक्री हो गए और आ, जो है राहू केतु का जो है उधर ट्रांजिट होगा तेईस सितम्बर से तो आप लोगों की पोलपट्टी खुलेगी और निश्चित ही फिर एक दूसरे से ईगो प्रॉब्लम आएगी फिर बातें ओपन होंगी ना तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच होगा साथ ही साथ दर्शकों परिवार वालों को साथ लेकर के चलिएगा यदि परिवार वालों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो फिर काफ़ी आप लोगों के जीवन में पाथ आएंगे क्योंकि परिवार ही सब कुछ है कोशिश कीजिए उनको मनाइए ऐसा प्यार ही क्या कि आप लोग अपने परिवार वालों को ही ना साथ ले चलें साथ ही अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे मिल करके या टेलीफोन नंबरों पर जो है संपर्क करके करा सकते हैं व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं वार्षिक राशिफल कर्क राशि के जातकों का 2020 हमारे चैनल पर पड़ा है आप लोग जाकर के देख सकते हैं कैरियर राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है उसके उपाय देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया है साथ ही साथ जो भी प्रिडिक्शन भविष्यवाड़िया करते हैं डंके की चोट पर करते हैं आप लोग जा कर के देख सकते हैं भागीरथ श्रृंखला भी पड़ी हुई है ग्रहों के जो गोचर व राशि परिवर्तन हमारे इस चैनल पर पड़े हुए हैं वो भी आप लोग जा के देख सकते हैं प्रतिदिन दैनिक राशिफल में दर्शकों हम लाइव होते हैं वहाँ पर भी आप लोग जा के देख सकते हैं साथ ही साथ आप हमसे जुड़ कर के पर अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं हर महीने का राशिफल हम आप लोगों के लिए डालते हैं तो इस चैनल को एक सलाह आपको दे रहे हैं कि सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ दर्शकों जय श्री राम का उद्घोष कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए दीजिए इजाजत नौ वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़े जाते हैं तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम